असलम वालानी मस्की पब्लिक तो कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ सब पहले से होंगे तो आज एक और गेम प्ले के साथ हम हाज़िर हुए हैं तो हम यहाँ लैंड हुए इस डिस्ट्रिक्ट में तो यहाँ पर मुझे मिली है बाईस गन एंड इधर मिलती है शॉट गन तो अच्छे से करते हैं लूट और कुछ एनीमीज़ वगैरह को ढूंढते हैं और उनकी पेटी चमकते हैं तो यहाँ पर ढूँढने के बाद यहाँ पर मुझे मिली है फर्स्ट एड किट एंड uh, लेवल वन का बैकपैक मिला है तो इधर सेलिब्रेट करते हैं जहाँ मुझे मिला है वेस्ट लेवल टू की एंड uh, लेवल टू का बैकपैक मिला है तो यहाँ पर लोड करने के बाद सामने से एक और एनिमी आ रहा होगा लेवल थ्री का वैसे यहाँ मिला और ये देखो सामने एनिमी आ रहा है इसको तो पीछे से टैप टैप की आवाज़ आ रही थी तो मैं जाता हूँ वहाँ तो मैंने काफ़ी सारा डैमेज दिया तो हमें बोट मार रहा था दरख्त के पीछे छुपा पीछ हुआ था तो मेरा किल जो है वो चोरी कर लेता है ये देखो ये डाउन हो गया एंड मैं जाता हूँ वो दूसरे वाले के पास जो कि दरख्त के पीछे छुपा होता है इसको करते हैं टैप टैप करके नाग एंड इसको भी करते हैं फिनिश पहला कन्फर्म हो चुका था ये किल भी कंफर्म हुआ तो यहाँ से हम लेते हैं डीपी जो कि डी मेरी फेवरेट है तो यहाँ पर और एनिमिल ढूंढते हैं और उनकी पेटी चमकाते हैं क्योंकि पेटी चमकाए बिना ना गेम प्ले अच्छा नहीं बनता तो इस गेम प्ले में कोशिश करेंगे हम चेक कंटिन्यू कर लें सेफ खेलेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप भी उतर चुका था तो मैं अपने टीममेट को कहता हूँ ड्रॉप के पास चलते हैं मेरा कह रहा था कि जाओ आप गाड़ी ले लेकिन गाड़ी बहुत दूर थी तो मैं सीधा इधर जाता हूँ टमेट मेरा भी साथ साथ था तो हम गाड़ी की तलाश में जा रहे थे सामने तो एक गाड़ी ठहरी थी तो टीम को कहता हूँ ड्राइव मैं करूँगा तो मैंने ड्राइव किया मेरा टीमेट मेरे साथ बैठा तो हम जाते हैं ड्रॉप के पास तो इस वाले गेम प्ले में ना हम चार से पाँच ड्रॉप लेने वाले हैं तो ये हमने ड्रॉप को लूटा तो इधर मेरा टीममेट एडम गाड़ी चला रहा है एक और ड्रॉप भी उतर चुका था तो हम जाते हैं उसके पास तो इस वाले गेम प्ले में हमें तीन से चार ड्रॉप मिलेंगे एंड दो फ्लेयर गन तो हम जहाँ उतर गए करते हैं यहाँ ड्रॉप का इंतज़ार जो कि ड्रॉप बहुत करीब आ चुका था तो करते हैं ड्रॉप में से लूट एंड जो मैंने यहाँ से भी गन ले ली तो डीपी को नहीं छोड़ते तो यहाँ पर एनिमिल्स तो मिल नहीं रहे थे तो थोड़ा सा घूम फिर के एनीम्स ढूंढते हैं यहाँ पर कुछ बंदों को मैंने देखा था तो फिर से यहाँ आते हैं लेकिन कोई नहीं मिला पर गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला था एंड वहाँ एनी भी ठहरा होता है लेकिन मेरा टीमेट यहाँ रुकता है नहीं तो वापस जाते हैं ये देखना अलग से सीन होगा इसको मैं ही कर लूँगा तो मेरा टीमेट चाहता था कि उसे मैं किल करता लेकिन गलती से मैंने किल ले लिया तो यहाँ पर हम बन गए किल चोर तो और एनिम भी ढूँढते हैं लेकिन यहाँ पर गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है ये देखो आप तो एक और गाड़ी ढूंढते हैं वो सामने एक गाड़ी आ रही थी तो इस गाड़ी की हम पेटी चमकाएंगे गाड़ी में जो बैठे हैं गाड़ी की नहीं तो पर वो बंदा था। पीछे से भी कुछ बंदे थे इधर जो बंदा था इसको ये ऊपर चढ़ गए थे इनके पास थे दो फ्लेयर गन ये देखो ये इसमें से एक को तो मैं कर देता हूँ नाव मैं खुद भी यहाँ पर नाव कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरी टीम हेल्प करता है उनको जो है फिनिश करके ये देखो यहाँ पर मुझे रिवाइव करेगा तो यहाँ पर हम लगाते हैं कुछ हेल्थ तुम्हारे तो टीममेट को देखो लूट के पीछे लगा हुआ है इससे तो यहाँ पर दो फ्लेयर मिलती हैं जो कि दोनों को एक साथ ही चला देते हैं एक फ्लेयर चला दी थी एंड यहाँ पर साथ में ड्रॉप ही उतर चुका था ड्राप आने वाला था ये देखो दूसरी फ्लेयर भी इसने चला दी तो मैं जाता हूँ सबसे पहले उधर ड्रॉप के पास और यहाँ पहले देखते हैं यहाँ पीछे एक एनिमी था नहीं मिला था वो सामने वो एक हुआ किल चार किल यहाँ हो चुके थे एंड सात लाइव थे ड्रॉप बहुत दूर था तो मैंने सोचा यहाँ पर फ्लेयर वाले ड्रॉप लौट लेते हैं तो फ्लेयर वाले ड्रॉप उतर चुके थे इसमें ए डब्ल्यू थी जो कि मैंने नहीं ली तो इधर गिल्ली सूट मिल जाता है नहीं इधर भी नहीं मिला दो दो ए डब्ल्यू थी लेकिन मैंने एक ले ली चलो कोई बात नहीं एक ले लेते हैं तो यहाँ पर लूट करने के बाद मैं लेता हूँ बग्गी अपने टीममेट को कहता हूँ आज जो बैठो तो वो वाला जो ड्रॉप उतरा तो हम उस, उसके पास जाएंगे तो ये वाला ड्रॉप इसमें से मिलता है मिलता है हमें गिल्ली सूट तो यहाँ पर मैं आर पी जी लेता हूँ से ढूंढते हैं कुछ एनिमेज तो सामने टैप टैप की आवाज आ रही थी तो मैं वहां जाता हूं दो प्लेयर आपस में लड़ रहे थे तो यहां पर जोन भी कट हो रहा था मेरा टीममेट लेने जाता है गाड़ी मैं उसको कहता हूँ जाओ अब गाड़ी ले आओ जब तक मैं इन बोट की ना पेटी बना रहा तो गाड़ी भी मैं यहीं मिल जाती है तो देखो इसको भी मैंने किया, किल किया। और एक और था वो उसको भी मैं किल कर लेता हूँ लेकिन गलती से ना मेरा टीममेट उसे मार देता है। <laughs> तो यहाँ पर दो के अलाइव थे तो हम गाड़ी लेकर सीधा जाते हैं ड्रॉप के पास लेकिन गाड़ी बहुत दूर थी तो हम पैदल जा रहे हैं तो यहाँ पर मेरे पाँच किल हो चुके थे हम छठा किल भी नहीं हो जाता है। तो ये देखो तकरीबन तो पाँचवा पाँचवा ड्रॉप ही है ये तो ये लूट चुके थे तो सामने से मुझे बंदा नजर आता है जो कि छुपा हुआ था दो टीमेट थे यहाँ ये देखो इधर सामने इधर छुपे हुए होंगे इस वाले हाउस में ये देखो ये आया मैंने करना एंड इसके पीछे एक और छुपा हुआ था ये देखो इसको मैं माने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो बहुत मतलब इधर उधर कूद रहा था एंड ये देखो तो इसे मेरा टीमेट चाहता है ये देखो जो हमारा वो अभिनय अभिनय चिकन डिनर एंड सात किल मेरे टीम के हुए छह किल मेरे हुए तो चिकन डिनर यहाँ पर हो चुका था तो उम्मीद करता तो हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा एंड uh, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पर पहले से हैं तो ठोको लाइक का बटन तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफि दुआ में याद रखना